जिन बालों को हम लोग आज तक बेकार समझते थे असल में वो बेकार नहीं बल्कि अलंकार है जो आज तक हम लोगों ने नहीं समझ पाए आप लोग सवेरे या शाम को जब बालों को सुलझाने के लिए कंगी का इस्तेमाल करते हो उस वक्त कुछ बाल फंस जाते हैं और उन बालों को आप लोग आसानी से फेंक देते हैं जिन बालों को आप बेकार समझते हैं उन्हीं बालों से दुनिया भर में करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है आपके बाल 100-200 सौ, सौ रुपये किलो नहीं बल्कि पूरी 25 से तीस हज़ार रुपये किलो के भाव से बिकता है कब शुरू हुआ ये बिजनेस कौन खरीदता है इतना भाव दे के? और करते क्या है इन बालों का इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो में बने रहे हैं। भारत में करोड़ों रुपए का बालों का कारोबार है जब तक आपके सिर पर बाल रहते हैं तब तक तो आप इसकी बड़ी कदर करते हैं कई शैम्पू लगाते हैं तो कोई अलग अनुस्खे से उन्हें हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं लेकिन बाल झड़ने के बाद उन्हें फेंक देते हैं या कटवा कर सैलून में छोड़ आते हैं और कई लोग तो मंदिर में दान कर देते हैं आपके बाल 100-200 रुपए किलो में नहीं बल्कि 25 से तीस हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी ज़्यादा भाव में बिकते हैं आपके शहर में गली गली में कई शख्स आता होगा और बाल लेकर उसके बदले कोई बर्तन या सामान दे जाता होगा ये शख्स करोड़ों रुपए का बिजनेस का हिस्सा होता है जो थोड़े बहुत आपसे आपका बाल खरीद लेते हैं और उन्हें विदेश में बेच देते हैं कब से शुरू हुआ ये बिजनेस वैसे तो एक निश्चित समय बताना मुश्किल है कि आखिर बालों का बिजनेस कब से शुरू हुआ लेकिन कई रिपोर्ट में कहा जाता है कि साल 1840 से बालों का बिजनेस होने का प्रमाण मिलता है उस दौरान फ्रांस के कट्टीफेयर में बाल खरीदे जाते थे और कई मेलाओं में लड़कियां अपने बालों नीलाम भी करते थे इसके बाद धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ते गए और यूरोप में बाल की जरूरत पड़ जा पड़ने लगी इसके बाद कई देशों की लड़कियाँ ने बाल बेचना शुरू किया इसके बाद कई देश इस व्यापार में शामिल हो गए बता दें कि एशिया के कई देश भी इस व्यापार में शामिल है लेकिन जापान की लड़कियाँ के बाल को ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है भारत में बालों का कारोबार भारत में करोड़ों रुपए का बालों का कारोबार है भारत में बालों का बिजनेस आज़ादी के पहले से चला आ रहा है और भारतीय महिलाओं के बालों का पहले भी पसंद किया जाता था और आज भी भारतीय महिलाओं के लंबे बालों का काफ़ी पसंद किया जाता है और इनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है भारत से चीन मलेशिया थाईलैंड बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव बर्मा में भेजे जाते हैं भारत में मंदिर मंदिरों में दान किए गए बालों का भी बेचा जाता है और बालों के बिजनेस में बालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मंदिर से ही प्राप्त होता है करते क्या है इन बालों का मंदिर से बाल एक फैक्ट्री तक आते हैं सबसे पहले उन्हें सुलझाया जाता है क्योंकि हर गुच्छा उलझा हुआ होता है इसके बाद उन्हें सुलझा कर बंडल बनाया जाता है इसके बाद उन्हें धोआ जाता है और उसके बाद सुखा जाता है इसके बाद इन बंडल को विदेशों में बेचा जाता है विदेश में इन नेचुरल बालों का बड़ा कारोबार है और इनसे बीज बनाया जाती है इन बीग को कई राइस लोग महंगे दामों में खरीदते हैं और इससे काफ़ी बड़ा व्यापार चल रहा है